परासिया में तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी जिससे दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई इस भिड़ंत में एक दिव्यांग बच्चा सड़क पर गिर गया जिसे एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया ये हादसा एक लहरा टोल नाका का है यहाँ तेज रफ्तार से आ रहा चार पहिया वाहन मोटरसाइकिल से टकरा गया टक्कर के बाद दोनों पक्षों में झगड़ा होने लगा और इस भिड़ंत में एक दिव्यांग बच्चा सड़क पर गिर गया जिसे एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया पुलिस के आने के बाद यह झगड़ा शांत हुआ लेकिन पुलिस ने झगड़ा शांत करने के बाद दोनों ही पक्षों पर किसी भी प्रकार का कोई मामला दर्ज नहीं किया जबकि तेज रफ्तार गति से जो वाहन चलाने वाला था वो नाबालिग युवक